गेहूं माए तो वन में पाके आम माँ मजरी गैले गेहूँ माए तो में पाके मजरी गैले खेतमा में झूमे ला खेत माँ में झूमे लहरिया हो बलमुआ माँ डुमर के फू खेतमा में झूमेला रहरिया हो बल मऊ डुम के फू चुआ तबन तो में पाके हम मजरी गई ल गेहूमा में पाके हम मजरी गैले खेतमा में झूमेला रहरिया हो बलम बल मैले डुमरिकूल खेतमा में झूमे ला गहरिया हो बलम माँ भैले के फूल चंदावा चुरावे बिंदिया रतिया ना आवे निंदिया चंदवा चुरावे बिंदिया रतिया ना आवे निंदिया अंगन बिठावेला कना बि ला से हो बल्मा भैल डुमरिक के खेता माँ में झूमे ला रह हो बलम्मा भैले डुमरिक के खेता माँ में झूमेला मुड़िया में शोभे गजरा अखिया में शोभे काजरा मुड़िया में शोभे गजरा में सो काजरा, मुड़िया में शोभे गजरा अखिया में शोभे काजरा परसो मथवा परसों मथवा परसों कुलिया हो बलुआ पहले के फूल खमा में झूमेला रहरिया हो बलवा पहले के फूल एक कतो बोलमुआ बरी दूसरे जवार वाह एक कतो बोलमुआ बेरी दूसरे जवार वाहूरा चल गई ले नजरिया हो बोलमुआ बैले मरिक फू खेतमहर में झूमे ला हरिया हो बल मरिक फूल परदेश गई ये कोना ना संदेश पर दे गैला ये को ना संदेश बिहल आसाराम बीतेला आसाराम बीतेला उमरिया हो तैयार डुमरी के फू खेत में झूमेला रहरिया हो बलमान भैले डुमरिक फूल बन में पाके हम गईले गैले गेहू बन में पाके हम मजरी गईले खेतामा में झूमेला लाहरिया हो बलमुआ बलवा के फूल खेता में झूमेला लाहरिया हो बलमुआ भै डुमरी